हेलो गाइज तो ये रहा आज का न्यू ब्लॉग तो आज जा रहे तोरल मार्ग तो गाइस ब्लॉग एंजॉय करना तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक करना सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आजू बाजू रिका कोई तू तू तीजे वे पाशु साली आई हज विचारे शब्द रिका मेका लात फरीब रोश्वरी गाँव में पोच चुके भाइयो गाइस रास्ता देखो एकदम खतरनाक कहीं नहीं गिर गया।, गया, गया, गया तो ब्रिटिश <laughs> ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था ये क्या? हाँ। ये क्या और छोटी सी गया। नदी है जिसको हम नाला बोलते है <laughs> ये टाइबा चढ़ाने की ये कौन नमूने आगे यहाँ पेट कर, कर नए नमूने गाड़ी चलाता चला, तो है इसलिए उसने पहले गाड़ी में रोक लगाड़ी देखो कपड़ा कड्डा यहाँ पे रास्ता काफी रोमांटिक है वही बोलते ना हाँ वही बोलते जंगल में ले आये तू हा अबाई में तुम देख सकते हो अच्छा लगता कौन सी क्या दिखाता रोमांटिका इन गाड़ियों में जंगल जंगल में में मंगल। में मंगल। <laughs> तो गाइस ये रहा हमारा का रास्ता। शॉर्टकट। शॉर्टकट लेते हो की तरफ। ट ले ना मेरे गिर के बैठ जाएंगे। काफी <laughs> सुंदर नजारा है काफी सुंदर हुए जा रहे है कपा जा रहा इतना <laughs> से कौन आई मिला व्हाट इज दिस होड़ाएगा इसके मरा हो गई पूरी टमाटर टमाटर करो ये होड़ाला क्या है कौन सा है दोड़ाला ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक लाइक करें सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो तुम ज्यादा देखोगे तो हम फिर क्या है फॉर्च्यूनर भी चैनल ले लेंगे हां ऐसा देखो ज्यादा है ये की ऑर्च्यूनर हम ले लेंगे तार लेंगे तार ले लेंगे हां वो चलेगा चलो खाली धाणी को कौन से जिब्राता है ना जिब्रा जिब्रा लेंगे जिपसी लेंगे इंडो जिपसी लेंगे जिपसी इंडोस्तों के लिए जिपसी सही है रास्ता सही है ना कि बराबर ले आ रहे हैं रास्ता सही है क्या है घूम हो जा गया वापस पलट पलट कर कितने लेंगे पलट लेंगे है। यार। जा रहे है तो गाड़ी से अपने भूसा और ये तोर माल जाने का रास्ता और अंकल भी यहाँ से जा रहे है बहुत स्पीड में निकले अरे हमारे संकल भाई ये सोम भाई और हाँ <laughs> तो राजा तो गाइज अभी हम निकलते हैं तोरमाल चलो ब्लॉक इंजॉय करो तो गाइज अभी हम निकल रहे हैं तोरमाल रस्ते का मजा लेते लेते <laughs> रस्ते का मा रस्ता भी लेता है आगे आके देखते क्या क्या मिलता है सारे लोग तो कई अभी हम पहुंच चुके हैं डाकी के पास में और हम यही बाकी बाकी डाँटा डाइलाजी ने बाबू डाँटा बाज रहे हैं यहाँ से फोन नहीं बाज रहा है ड्राइवर बोले फोन लगा रहे थे फोन में ड्राइवर को बोल रहा है डाँटा सता हूँ यहाँ डाकू से दोनों मन के ब्लॉक कैसा लग रहा है आपको आ जा मजा देखने के लिए तो तो फिर सब्सक्राइब कर कर लो ये। अरे नहीं करे। नहीं करे। तो कर लो। तो रह रही हो? बाबू है है वो, जो आ आ रहे हैं। आलू से गए? होंगे भाई संकल बैक के गांड से काटते हुए बहुत ही जोर से लगा पेट्रोल का गाटा नीचे उतरते हुए वो <laughs> तो भी हम जाएंगे आगे तक कहीं नहीं चल रही है क्या करें वहां से वैसे भी गाड़ी लानी है बंदिया की गाड़ी <laughs> टेंशन नहीं लेना तवड़ा इसको रास्ता दे दिया अभी और ना बैठ ले आ रही है इत्तबा दे रहे ओ, का हो का होता है हारना फाइट हो गया का फाइट डुका डुका डुका डुका सॉरी Capri रास्ते पे चलने वाली है ये कहते हो कि ले ले ले ले गांव में भी सब होम डिलीवरी चलता है आजकल टेंशन नहीं लेने ले का आजकल गांव में भी होम डिलेवरी चाल हो गई खाली स्विग और जो काफी शानदार नज़ाराईश वो बेड़े पे भी घर है आप देख सकते होगा टावर सब पूरी रेंज में मिलेगा वाई फाई डूटता हुआ हर जगह में दो चार दिन कह रहे आज उसको <laughs> बोलना पड़ता है घर वालों को धूल पड़ता है जनाब आप ही तो करना पड़ता है क्या करें मजबूरी है आज मेरा नाम बत नाम बदनाम घर वाले क्या होते हो जाते हैं यहाँ चेहर भी दिखे रहे थे शायद आपकी किस्मत को बता ही दिखे मैं क्योंकि आके होने सबको खा लिया है यहाँ तो तो आना चाहिए तो। <laughs> आना ही चाहिए क्या आना ही पड़ेगा बहुत ही ये बीस किलोमीटर है अभी संडे के दिन घूम के आते हैं तो। पैका ज़्यादा वज़न जाए पड़ते गाड़ी दम दौड़ते देखो आया मालिक आए हम दो सौ उनचालीस रुपया जंगल हैं। हम गाड़ी गाड़ी के नहीं। सिखाते हुए। तो रा, खुद रहा नदी है छोटी सी और वहाँ पे छोटा सा साढ़ा जा सकते हैं छोटा छपा यहाँ पे रास्ता ब्लॉक मिला है हो सकते हैं से जल्दी बगा बगा बगा जल्दी गाड़ी रोका गाइस कोई तो से डाले की कोई बात नहीं, नहीं ये नॉर्मल काम चलते रहता है फुल के साथ में के साथ कोई दिक्कत नहीं गाइस गाइस हमको ये दोनों बने रही है और अच्छा अच्छा नजारे देखना गाइस तो जो हमते है आगे Aa, bakepan ya? Kala bani mein, kala bani mein milenge to kai तो गैस ऐसा करता हो कि मेरा ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगाऊंगा तो लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो तो गाय आज का व्लॉग यहीं फिर ख़त्म करते हैं तो अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे पार्ट टू देखने के लिए रेडी रहना